जय सियाराम, जय श्रिया राम जय सियाराम, जय सियाराम, राम जय जय श्रिया जय सियाराम, राम जय जय श श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर् सुधारिक्रामा निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर बिमल यश जोदायक फलदार बुद्धिहीन थनुान के सुनियो पवन कुमार रामा सुनियो पवन कुमार बलबुदी विद्या देख मोहिहर कलेश विकार विकासवर रामचंद्र पद जय शरण राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया जय श्रिया जय जय श राम अगर okay. कपीश की हूँ लोग उजागर रामदूत अतुलित बलधामा कंजन पुत्र पवन सुत सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन भरण विराज सुवेशा कानन कुंचित के सा हाथ भज और भजा विराज खाधे मूझ जनेऊे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुरी हती चातुर राम ताज करी दे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि दे रसिया राम लखन मन बसिया जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री जय जय श्री जय श्री दिखावा विकट रूप धरि लंक डरावा संधारे रामचंद्र जी के काज संवारे राय संजीवन लग्न दियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम रो यश गावे अस कही श्रीपत पद कंठ लगा िक ब्रह्मादि मुनीसा शारद शारद सहित अहिंसा यम तुबेर दिख पाल जहाँ थे कवि को विदि कही सके कहा थे तार सूत्री वहीं की राम मिलाय राजपद की नय श्रिया राम जय जै जय श्रिया राम जय जै शिया जै राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम श्रिया राम जय जय श्रिया राम तुम्रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर गये सब जग जगदाना शुभ सहस्त्र योधन परवानो मिलोताई मधुर पलदान प्रभु मूर्ति का मिल मुख मुखम जल दिलांग गए अच रजनाई गुरुगम काज जगत के जेते सुखम कह तुम रे दे राम दुआरे तुम रक न्या पैसारे कम दुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रत का डरना तो आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आगते का पे बुद्ध पिताज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय श राम जय जय शिया राम जय श राम जय जय श राम का रोग हरे सब तीरा सपत निरंतर हनुमत तीरा कट के हनुमान छुड़वे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तप श्री राजा दिन के सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप कुमारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर दन राम दुलारी अष्ट श्री दिनों निधि के दाता कसवर दिन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रम रघुपति के दासा जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श राम जय जय शिया राम जय श राम राम कुमरे भजन को पावे जन्म जन्म के दुख बिस्रावे अंत काल हर गुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित न धर हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सु मिरे हनुमत बल पीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा गुरु देव की नाम सत बारि पाठ कर कोई सूत ही बंस महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान कालीसा कोय तो सी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा भरी तेरा सी जय नाथ हृदय दे में तेरा जय सियाराम जय जै, जय सियाराम जय जै, सियाराम जय जै, जय सियाराम जय सिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पवन तन संकट मंगल मूरति रूप राम मंगल मूरति रूप सीता सहित हृदय बसु प्रभु शियावर रामचंद्रपद जय शरण नम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्री राम जय जय श्रिया राम जय जय जय राम जय श्री राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय श राम Jai ji Ram Jai ji Ram Jai ji Ram Jai